नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनांक पांच नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशे, देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधान तो जन्म राशि न चिंतन विवाह सर्व मांगल्य यात्रा गोचरे, जन्म राशि तो नाम राशी न तो दर्शकों प्रधान ये हम इस श्लोक इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको नाम राशि को नहीं देखना है आपको अपनी चंद्र राशि को देखना है आपकी जन्मकुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में होंगे वो आपकी राशि होगी नहीं पता है तो आप लोग कमेंट में डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस को टाइप कर दीजिए यथासम्भव प्रयास रहेगा आपके प्रश्नों का उत्तर दे आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर के बना होता है और ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र नक्षत्रियों करण यदि इनमें से किसी भी अंग की कमी होगी तो पंचांग पूर्ण होगा ही नहीं तो विक्रम संवत 2076 हजार छिहत्तर शख्स कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी नौमी रहेगी देखिए दर्शकों कार्तिक मास चल रहा है और नौमी तिथि रहेगी नौमी तिथि के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि नौमी तिथि को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप लौकी का सेवन करेंगे नवमी तिथि को तो मास खाने के बराबर है तो आज लौकी का सेवन मत करिएगा इसके अलावा दर्शकों कार्तिक मास चल रहा है और भगवान विष्णु को सबसे प्रिय कार्तिक मास मास है दर्शकों और आज नवमी है तो कोशिश कीजिएगा जब भी नवमी तिथि कार्तिक मास में रहे तो आप लोग आंवले के पेड़ के नीचे आंवले के वृक्ष के नीचे कुछ ना कुछ आप लोग भोजन बना करके जरूर किया करिए पद्म पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति नवमी तिथि के दिन कार्तिक मास में आंवले के पेड़ के नीचे यदि आ, क्या कहते हैं फलाहार इत्यादि करता है तो भगवान विष्णु के लोक में उसका जो है आगमन होने से कोई नहीं रोकता इसके अलावा श्रीमद् भागवत पुराण में में भी कार्तिक मास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। में आप गाय की सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु को आप बहुत ज्यादा जो है प्रिय होने लगेंगे तो दर्शकों ऐसा कौन है जो भगवान विष्णु को जो है मतलब प्रिय होना नहीं चाहता है सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करिए और आप लोग एक बार कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्लीज़ आप लोग लिखिए कमेंट में अच्छा लगेगा इसके अलावा दर्शकों देखिए वीडियो लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो हमारे जो है वीडियो को जम करके शेयर करिए क्योंकि पुराने लोग ऑलरेडी शेयर करते हैं सूर्योदय सूर्यास्त की बात करें तो प्रातः छः बजकर तेईस मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर सत्रह मिनट पर हमने आपको बता दिया नौमी रहेगी पूरी रात तक रहेगी योग रहेगा गण इसके उपरांत रहेगा करण रहेगा बालो और कौलव चंद्रदेव जो आज चलायमान रहेंगे तो दर्शकों मकर राशि में चंद्रदेव रहेंगे शाम को चार बजकर अड़तालीस मिनट तक की तदउपरांत कुंभ राशि में चले जाएंगे सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला राशि में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का भी आज ट्रांजिट होगा देव गुरु बृहस्पति के ट्रांजिट पीरियड का हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है मे से लेकर के मीन राशि के जातक उसको जा करके देख सकते हैं दर्शकों मंगलवार दिन रहेगा देखिए मंगलवार की यदि हम दिशा की बात करें तो मंगलवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन यदि किसी कारणवश आपको मंगलवार वाले दिन उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ जाए तो कोशिश कीजिएगा दक्षिण की ओर चार जाइएगा गुड़ खा करके जल का सेवन करके आप लोग यात्रा करिएगा राहुकाल की बात करें दर्शकों तो दोपहर दो, दो मिनट से ले करके तीन मिनट तक का राहुकाल रहेगा राहुकाल में शुभ कार्यों की मनाही है लेकिन यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो आज शाम को छह बजकर सैंतीस मिनट से आठ बजकर पच्चीस मिनट तक का समय अमृत काल का रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं सुबह ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट से लेकर के बारह बजकर नौ मिनट तक का जो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप लोग कार्यों को अपने कर सकते हैं तो ये तो था दर्शकों हमारा पंचांग राशिफल हमारा क्या कहते हैं इस पर अब हम जो है दृष्टि डालते हैं लेकिन दर्शकों फटाफट आप लोग देखिए लाइक कीजिए और आज हमारे लाइक का टारगेट है 500 लाइक तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए मेष राशि की ओर बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है तो मेष राशि के जातकों देखिए आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा व्यवसाय के साथ ही आज मित्र सगे संबंधियों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ आज आपको कमाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्य पर आप आज उदासीनता दिखाएंगे आपके अंदर जो एनर्जी है वो आज आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे लेकिन व्यवहारिकता आज आप में भरी रहेगी आपके संपर्क में आने वाले लोग आपसे प्रसन्न होकर के जाएंगे घरेलू कार्य आज एकदम से आपके जो है सर पर आने से असहज आप हो जाएंगे तालमटोल करने पर जो है आज परिजन कुछ आपसे नाराज हो सकते हैं परिजनों के साथ कुछ ना कुछ वाद विवाद हो सकता है अति आवश्यक कार्यों को आज लापरवाही पूर्वक जो है मत करिएगा छोड़ दीजिएगा नेक्स्ट डे करिएगा अन्यथा आप जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे या हो सकेगा तो संध्या बात करिएगा आज विघ्न बाधाएं आने से जो है ती हुई दिखाई पड़ रही लेकिन आप इसको पार पाने में सक्षम होंगे रात्रि के समय आज आपके लिए जो है जीवन साथी के साथ कुछ बात विवाद हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान जी के बत्तीस नामों का आज आपको पाठ करना है यह आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा साथ ही साथ यह रहेगा, रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा एक राशि के जातकों दिन कुल मिलाकर के आज का मिला जुला रहेगा सेहत सामान्य रहेगी आज कई दिनों से लटके हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई अनुबंध के आगे बढ़ने से धन लाभ आपका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यवसाय के ऊपर अधिक ध्यान देने के बाद भी आज आपके कार्य कुछ विलंब से पूर्ण होंगे आज उच्चाधिकारियों के साथ आपकी गर्मा हो सकती है बहस हो सकती है शाम के समय धन का जो है प्राप्ति के मार्ग जो है और ज़्यादा जो है आपके सुगम होंगे कार्यक्षेत्र पर आज आपकी लापरवाही के चलते अधिकारी वर्ग जो है थोड़े से आपके ऊपर नाराज हो सकते हैं जो कोई दर्शक स्टेशनरी प्रिंटिंग से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनको कोई नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आज आपकी तो में हो सकती है इससे आपको बचना रहेगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा एग्जाम अच्छे होंगे उपाय उपाय के तौर पर बताना चाहेंगे कि आज आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी के जो है सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट, शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वहीं मिथुन राशि के जात को आज का दिन विपरीत फल देने वाला रहेगा पूर्व निर्धारित जो योजनाएं हैं ये अधूरी या असफल हो सकती हैं कार्यक्षेत्र पर मनमानी के कारण आर्थिक हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आप बिना बिचारे कोई भी कार्य ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा जल्दबाजी में आज आपकी हानि होती हुई दिखाई पड़ रही है। सरकारी कार्यों में आज विलम्ब होगा सामाजिक क्षेत्र पर अधिक बोलने से आज आपको बचना होगा विरोधी आज आपकी गलती खोजने के लिए तैयार रहेंगे आप में जो है कोई ना कोई नुस्ख निकाल देंगे स्त्री संतान से भी संबंधों में कड़वाहट आ सकती है आज आपकी सेहत शाम के समय जो है कुछ ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही है कोशिश कीजिएगा आज यात्राएँ मत चलिएगा वाहन वगैरह मत चलाइएगा या चलाएँगे तो सावधानी पूर्वक चलाइएगा आपके लिए जो उपाय करना है तो आज के दिन कोशिश कीजिएगा कि मसूर की जो दाल होती है। इसका दान आज आपको धर्म स्थान पर देना रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा रहेगा लाल मसूर की का शुभ शुभ कलर आपके लिए ये अंक आपके लिए लिए रेड अंक चार कर्क राशि के जातकों आज का दिन क्या कुछ लेकर के आया है तो आज दिन के प्रथम भाग में आपको परिश्रम के अनुसार फल ना मिलने से मानसिक वेदना मानसिक पीड़ा हो सकती है इसके साथ साथ दिमाग में कुछ नए नए विचार आने से किसी ठोस निर्णय लेने में परेशानी होगी नए वस्तुओं की खरीदारी अथवा नए कार्य में निवेश आज ना करें तो ठीक रहेगा उत्तरार्थ के बाद स्थिति बेहतर रहेगी धन की आमद होने से वित्तीय आयोजन कर पाएंगे और आज ठोक के व्यवसायी जो हैं इनके लिए आज का दिन ठीक रहेगा निवेश करने का दिन रहेगा परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने से धन का व्यय भी रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग हनुमान अष्टक का पाठ करिए और बेसन के लड्डू गाय को खिलाइए आपके लिए शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा पाँच तो ग्रह के राजा सिंह देव की राशि पर आगे बढ़े तो दर्शकों देखिए फटाफट आप लोग लाइक कीजिए 500 लाइक का टारगेट है सिंह राशि के जातको आज का दिन राहत का अनुभव करेंगे कार्यों को लेकर के पहले थोड़ा आशंकित रहेंगे परंतु एक बार सफलता मिलने पर यह क्रम आज आपका दिन भर बनना रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बेहद खास रहेगा धन की आमद रुक रुक कर होने से मन प्रसन्न रहेगा परंतु उधार के कारण आप व्यवहार ना करें तो बेहतर रहेगा नौकरी पेशा जाता आज भी व्यस्तता के चलते घर में आलोचना का शिकार बनेंगे लेकिन सामाजिक स्तर पर आज आपकी छवि निखरेगी आज स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नरम रहेगा वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा बंदरों को आपको गेहूँ और बेसन के लड्डू को मिक्स करके खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन कन्या राशि क्या कुछ है आज का दिन आपके लिए खास तो कन्या राशि के जात को आज के दिन आपका मन अस्थिर रहेगा जिसके कारण बनी बनाई योजनाएं निरस्त हो सकती है बुद्धि का विवेक का भी आज आप कम ही इस्तेमाल कर पाएंगे परिजन अथवा अन्य लोग लोगों के साथ जो आप वादा करेंगे वो आप पूरा करते हुए नहीं दिखाई पड़ना है जिससे आपस में बात विवाद होगी कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी आपके साथ मनमानी करेंगे इसके साथ साथ दर्शकों आज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन रहने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज आपका क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो कोई व्यापार करते हैं और खास करके जो है आई टी से हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा धन लाभ होने का जो है योग दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेशा लोग एवं महिलाएं आज यात्रा पर्यटन के मूड में रहेंगे छोटी यात्राओं के योग रहे हैं घरेलू विघनो के बाद कामना पूर्ति आपकी होगी सामाजिक कार्यों की जीवन उत्तम रहेगा का रहे तो का सुंदर कांड की ग्यारह चौपाई का पाठ करिए और आज यदि कहीं बंदर मिल जाए तो उनको बेसन के लड्डू जरूर खिलाई आपकी मन चाहे मुराद पूरी होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ राशि के जातको लिब्रा क्या कुछ कहता है आज का दिन तो आज का दिन आपके लिए कलहकारी रहेगा आपसी व्यवहारों में थोड़ी सी जो है चूक अशांति जो है आज फैलती हुई दिखाई पड़ रही है अनर्गल बयानबाजी से आज आपको बचकर रहना है परिवार अथवा आस पड़ोस की महिलाएं भी आज कई दिनों की भड़ास एक साथ आपके ऊपर निकाल सकती हैं खास करके महिलाओं से आज तुला राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं कार्य व्यवसाय की गति काफी धीमी रहेगी फिर भी आज, आज आकस्मिक धन लाभ अवश्य होगा जो कोई लोग मीडिया से रिलेटेड हैं या बॉलीवुड से हॉलीवुड से या कला के क्षेत्र से हैं उनके लिए आज धन कमाने का दिन है आज निवेश उधार देने से अन्यथा वापसी में परेशानी आएंगी शाम का समय जो रहेगा दिन की अपेक्षा शांत रहेगा से जो मन था ये खत्म होने में थोड़ा सा समय लगेगा यात्रा पर्यटन की योजना अधूरी रहने की आज संभावना है आज व्यावसायिक यात्रा भी टालना आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज प्रयास कीजिएगा एक देशी घी का दीपक शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लोग जरूर जलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातकों आज आपका दिन मिश्रित फलदायी रहेगा दिन के पहले भाग में आर्थिक दृष्टिकोण से संतुष्टि रहेगी कार्य क्षेत्र पर बिक्री जो है बिक्री बढ़ने से धन की आमद होगी व्यक्तित्व तो का भी आज आपके विकास होने से सामाजिक छवि बेहतर बनेगी लेकिन धन हाथ में आने के बाद आज आपका दिमाग उल्टे सीधे कामों में उलझेगा आज कुछ समय के लिए पारिवारिक समस्याओं के कारण मन अशांत रहेगा घर में किसी विवाद के बढ़ने की संभावना है कोशिश कीजिएगा कि आज मौन रखिएगा क्योंकि जो, जो चीज़ मौन कर सकती है वो और कुछ नहीं कर सकता है अति आवश्यक कार दोपहर तक टाल देंगे तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज मानसिक रूप से आप लोग श्री मंत्र का जाप करिए हनुमान जी के दर्शन करिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच तो धनुराशि के जातको आज आपका दिन सुख संतोष की अनुभूति कराएगा आज दिनचर्या व्यवस्थित नहीं रहेगी फिर भी दैनिक एवं सरकारी कार्यों को छोड़ छोड़ से सभी कार्य आपके निर्विघ्न पूर्ण होंगे व्यवसाय में परिश्रम एवं व्यस्तता का फल धन लाभ बनकर आपको मिलेगा आज धन लाभ आपको अच्छा हो, मिलेगा मध्याह्न तक आपका व्यवसाय मंदा रहेगा लेकिन जैसे ही चंद्रदेव मकर के बाद कुंभ राशि में जाएंगे इनकम के रास्ते दिलाएंगे अचानक से आर्थिक धन लाभ होगा जो कोई पुरानी आपकी उधारी थी आज मिलने की संभावना है सार्वजनिक क्षेत्र पर लोगों का सहयोग एवं धार्मिक कार्यों में दान पूर्ण करने का अवसर आपको मिलेगा रात्रि के समय सुखद समाचार प्राप्त होने से मन आपका हर्षित होगा महिलाएँ आज पारिवारिक कलह से बचने में आपकी मदद करेंगी एक काम और बताएं आपको आज करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर तो देखिए दर्शकों सीधी सी बात आज मौन आप धारण करिएगा प्रातःकाल जल्दी उठिए भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः कैप्रिकॉन मकर राशि तो आज के दिन भी ग्रह स्थिति घर बाहर उथल पुथल कराएगी आज घरेलू मामले में आपको विशेष सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं जीवन साथी के साथ किसी बात पर आज आपका व्यर्थ का झगड़ा हो सकता है बुजुर्ग वर्ग भी आज आपकी विचारधारा के विपरीत सोच रखेंगे आज आपकी लाचारी का फायदा लोग उठाएंगे किसी के आगे समर्पण ना करें थोड़ा सा धैर्य रख मध्यान्ह दिन अच्छे होने की प्रतीक्षा करेंगे तो आपकी परिस्थितियों में सुधार रहेगा आज बाहरी व्यक्ति से मन के भेद प्रकट ना करें तो बेहतर रहेगा आज सेहत अकस्मात आपकी खराब हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिए सुंदरकांड की जो है ग्यारह चौपाई या पूरे सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए और आज हनुमान जी के समक्ष बैठ करके थोड़ी देर आप उनको देखिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके जो भी आपके मन में इच्छा हैं जो भी विशेष हैं आप हनुमान जी से मांगिए आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन एक्वायर्स हाँ कुंभ राशि तो आज के दिन आप अधिक लापरवाह रहने के कारण हानि उठा सकते हैं प्रातःकाल से ही यात्रा और पर्यटन की योजना बनेगी कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने के बाद भी लाभ से आज आपको संतोष करना पड़ेगा नौकरों के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करना आज हानि को दावत देने के बराबर है कार्य क्षेत्र पर चोरी जैसी गतिविधि अथवा आप पर कोई आज आरोप लगाए जा सकते इसे सावधान रहेगा वाड़ी में कठोरता रहने से घर में कलह होने की संभावना रहेगी आर्थिक लेन देन आ, क्या कहते हैं अगर किसी के साथ करते हैं तो अकाउंट में ट्रांजेक्शन करिए लिखा पढ़ी में करिए अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है शाम का समय जो रहेगा थोड़ा सा आपके शारीरिक कष्ट वाला रहेगा कोई मौसमी बुखार आपको घेर सकता है शारीरिक कमजोरी आज आप अनुभव करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन हनुमान बाहू का आपको पाठ करना रहेगा हनुमान जी को आज गुलाब का पुष्प भी आपको भेंट करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन दर्शकों फटाफट नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जम कर शेयर कीजिए बिल्कुल जो है आप लोग यूट्यूब की दुनिया में जो है व्हाट्सएप पे इतना शेयर कीजिए कि की यूट्यूब में जो है आग लग जाए ये जो राशिफल है दर्शकों इसमें तमाम चीज़ें देखिए आप लोगों के लिए ही रहती है और कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे उपाय आपको बताएँ क्या करना है क्या नहीं करना है तिथि के अनुसार भी आपको बताते हैं तो इतना तो हक बनता है राशि राशि अंतिम आती है तो आज के कार्य क्षेत्र पर व्यस्तता अधिक रहेगी हाथ में लिए अनुबंध समय पर पूर्ण नहीं करने के कारण आपकी आलोचना हो सकती है स्वभाव से भी आज ढीलापन रहने के कारण भागदौड़ वाले कार्यों से बचने का प्रयास करें लेकिन फिर भी आज कार्य क्षेत्र पर अधिकांश कार्य आप लोग अपने बलबूते ही करेंगे सरकारी कार्य लेट नतीजी के कारण जो है अधूरे रहेंगे उच्च अधिकारियों के साथ कुछ आज आपकी बहस हो सकती है वाद विवाद हो सकता है नई योजनाओं को हाथ में लेने से पहले हानी लाभ की समीक्षा करने तो ज़्यादा ठीक रहेगा शाम के बाद आर्थिक विषयों में सफलता मिलेगी यात्रा यदि आप बना रहे हैं पर्यटन की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा टाल दीजिए क्योंकि आज बहुत ज़्यादा आप परेशान भी मानसिक रूप से रहेंगे आज सर से रिलेटेड या कमर के निचले भाग से रिलेटेड आपको कोई समस्या बन सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करना रहेगा कि हनुमान जी को आज बूंदी के लड्डू चढ़ाइए और उसमें तुलसी का दल जरूर डालिएगा हनुमान चालीसा का का तीन बार पाठ आपके आपके आपके लिए लिए लिए सभी कष्टों से से मुक्ति दिलाएगा, शुभ शुभ कलर रहेगा, रहेगा पीला और अंक तो तो दर्शकों ये तो था हमारा मेष लेकर के मीन राशि राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइए और यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों आपके शहर में भी आते हैं जैसे इसमें हमारा दिल्ली और मुंबई आना है तो आप लोग संपर्क करा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार